मनोरंजन जगत से एक बार फिर दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है दरअसल मशहूर टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है ये काफ़ी फेमस थी और इन्होंने काफ़ी सारे सीरियल्स में काम करा है पर बिग बॉस और ये रिश्ता क्या कहलाता है में काम करने के बाद ये काफ़ी फेमस हो चुकी थी आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या रीज़न रहा होगा कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया महज़ 30 साल की उम्र में उन्होंने फांसी लगा ली। हां, हालांकि इसके पीछे पुलिस लव अफेयर का रीजन बता रही है वैशाली के फैंस काफी दुखी हैं ये खबर सुनकर ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए दखल न्यूज